से उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया हुआ देखा है अभी फिर में जिस तरह का भोजपुरी स्टेटस वीडियो देखें उसी तरह का भोजपुरी स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए अलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना है और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा अलाइट मोशन अलाइट मोशन डाउनलोड करने का मेरा डिस्क्रिप्शन में दोनों को मिल जाएगा बीट मार्क से दोनों को इनपुट कर लेना है दोनों को इनपुट करने का बीट मार्क क्लिक कर देना है देख सकते हैं मेरा बीट आ चुका है इसमें आपको सॉन्ग ऐड करना है है सॉन्ग नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओनली म्यूजिक उसको भी आप डाउनलोड कर लें उसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सॉन्ग को ऐड कर लेना इस तरह से प्लस में क्लिक करना है म्यूजिक में चले जाना है म्यूजिक आने के बाद ये सॉन्ग मेरा डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया उस सॉन्ग को ऐड कर देना है प्लस में क्लिक करके इस तरह करने के बाद इस तरह करने के देख सकते हैं सभी जगह मध्य फ़ोटो एड करना है तो सिंपली फोटो एड करने के लिए प्लस में क्लिक करना है प्लस में क्लिक करने के बाद चले जाना है मीडियम आने के बाद अपना फाइल को सेलेक्ट कर लेना जो भी फाइल में आपका फोटो होगा तो हम अपना फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं देख सकते हैं सभी फोटो में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड करना सिंपली फोटो में क्लिक कर देना फोटो में क्लिक करने के थ्री डॉट में क्लिक करके फिर कम्पिटिशन एरिया कर देना फिर कम्पजीशन एरिया करने के बाद आगे का बीच में ले जाने के लिए शेयर में क्लिक कर देना में क्लिक करने के बाद नीचे वाला इसमें क्लिक कर देना इसमें क्लिक करने से जो आगे का पार्ट देख रहे हैं इधर वो सब काट हो जाएगा तो देख सकते हैं ये सब पार्ट है तो देखिए काट हो चुका है इस तरह से अब खाली जगह हम क्लिक कर देना फिर से प्लस में क्लिक करना है मीडिया में क्लिक करना है दूसरा फोटो क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करना है फिर मुझे एरिया कर देना उसको शेर में क्लिक करके आगे का पार्ट को काट कर देना इसी तरह से पहले सभी जगह में फ़ोटो एड करना है क्योंकि इस फ़ोटो एड करने का हम बता दें किस तरह से इफेक्ट करना है तो क्या अभी आप जब वीडियो को स्किप करके निकल रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा नहीं तो आपको इफेक्ट लगाने में दिक्कत होगी क्या कि नये नये इफेक्ट लेके आए हैं इस बार तो पहले सभी जगह फोटो एड करें और हां अगर आप हमारे चैनल में नहीं सब्सक्राइब कर देने बेल आइकन ऑन कर दे ताकि मैं जब भी कोई ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग भजपूरी स्टेटस वीडियो अपलोड करूँ ट्यूटोरियल आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए गाइस सबसे पहले हम तो सभी जगह में फोटो एड कर लेते हैं वीडियो के स्किल करते हैं हमने सभी जगह में पहले फोटो एड कर लिया है देख सकते हैं इसी तरह से आप कभी सभी जगह में फोटो एड करना है फोटो एड करने के बाद इफेक्ट एड करने के लिए बैक चले जाना है बैग आने के बाद जो सर्किटिफेक्ट आप इनपुट करते हैं उसी में क्लिक कर देना है उसी सर्किफेट में आने के देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर वाला इफेक्ट है तो फर्स्ट नंबर वाला इफेक्ट को कॉपी करने के लिए इफेक्ट में क्लिक कर देना फोटो में फोटो में क्लिक करके बाद इफेक्ट में क्लिक करके कॉपी फेट कर लेना कॉपी करने के बाद बैग चले जाना है बीट में इस तरह से आपको भी बीट में चले जाना उसके बाद आप इधर हम बता रहे हैं कौन सा जगह में कौन सा इफेक्ट हो है? तो फर्स्ट नंबर इफेक्ट को ऐड करने के लिए फर्स्ट वाला फोटो क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना है डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने बाद इसका आगे वाला भी फ़ोटो में क्लिक करके उसी तरह से पेस्ट करना है तो, तो हम बताते हैं कितना देर तक पेस्ट करना है वीडियो पर देखते ही रहें तो इस फ़ोटो में एक नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना है तो हम सुन लेते सॉन्ग मेरा कहाँ से एक नंबर इफेक्ट पेस्ट होगा तो हम सॉन्ग को एक बार सुन लेते तो मेरा सॉन्ग यहीं तक पेस्ट हुआ चार नंबर तो चार नंबर वाला फोटो में क्लिक कर देना इफेक्ट में चले देना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद फिर से इसका पीछे वाला फोटो को तो हम नहीं पेस्ट करते उसी फोटो में क्लिक कर देना इफेक्ट में चले देना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना इस तरह से सभी फोटो में पेस्ट कर लेना है उसके बाद हम सुन लेते एक बार फिर से सॉन्ग को उसके बाद जो यहाँ पर पाँच सेकंड तो पाँच सेकंड में दूसरा इफेक्ट ऐड होगा तो दूसरा इफेक्ट को ऐड करने के लिए बैक चले जाना है बैक करने के बाद सेक इफेक्ट में चले जाना है सेक इफेक्ट में आने जो दूसरा वाला इफेक्ट है उसको तो कॉपी करना है तो दूसरा वाला इफेक्ट को कॉपी करने के लिए फोटो क्लिक करना इफेक्ट में चले जाना थ्री में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना कॉपी करने के बाद बैक चले जाना है बैग आने के सी वाला में क्लिक कर लेना फिर बीट मार्क में बीटमार्क में क्लिक करने के बाद पाँच सेकेंड में चले जाना है ये रहा मेरा पाँच सेकेंड तो पाँच सेकेंड वाला फ़ोटो में क्लिक कर देना इफेक्ट में चले जाना थ्री डॉ में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं मेरा नाक रहा है तो उसके बाद इसमें स्विफ्ट देने के लिए इस तरह से इसको ऑन कर देना ऑन करने के बाद देख सकते हैं इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस तरह से आपको भी ऑन कर देना है उसके बाद देख दोनों वो दो इफेक्ट और कहीं पर पेस्ट होगा तो इस तरह से तो सॉन्ग को सुन लेते हैं पहले तो एक इस जगह पे पेस्ट होगा तो इस जगह वाला फ़ोटो में क्लिक कर देना है इफेक्ट में चला जाना है थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद इसका भी ऑन कर देना है उसको इफेक्ट में जाके इसको इनेबल कर देना है इनेबल करने के बाद इस तरह से आगे आना है आगे आने के बाद सत्रह वाला में दूसरा इफेक्ट पेस्ट होगा तो उसको छोड़ देना है उसके उसको छोड़ने के बाद बीस सेकेंड में भी दो नंबर वाला का इफेक्ट पेस्ट होगा तो हम सॉम को सुन लेते हैं एक बार दो नंबर वाला इफेक्ट पेस्ट होगा तो दो नंबर वाला इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए, लिए फोटो में क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना थिग्रट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना तो देख सकते हैं मेरा दो नंबर वाला इफेक्ट पेस्ट हो चुका है उसके बाद दो नंबर वाला के बाद तीन नंबर वाला पेस्ट करना है तो तीन और वाला को हम कॉपी कर लेते हैं बैग चले जाना है आने के बाद सेक इफेक्ट में चले जाना है इफेक्ट में आने तीन नाला फोटो में चले जाना ये फोटो मेरा तीन नंबर तो तीन नंबर वाला फ़ोटो में क्लिक कर लेते हैं इफेक्ट में चले जाना है थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना इस तरह से कॉपी करने बाद बैट चले जाना है बीट मार्क में बीट मार्क में आने पांच के बाद सेकंड के बाद से तीन नंबर इफेक्ट को पेस्ट करना देख सकते हैं मेरा पाँच सेकंड यहां पर है उसका पर छः सेकेंड तो छः सेकेंड वाला नहीं फोटो में क्लिक कर देना इफेक्ट में चल जाना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद खाली जगह में क्लिक कर देना आगे का इस में क्लिक करके दूसरा फोटो में क्लिक करना है इफेक्ट में चल जाना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद फिर से खाली जगह क्लिक कर देना खाली जगह में क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक कर देना आगे फोटो में चला गया आगे फोटो आने के बाद फोटो में क्लिक कर देना करना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद सॉन्ग को सुन लेते हैं फिर से तो गाय पर देख सकते हैं आप कि ग्यारह सेकंड तक होगा तीन नंबर इफेक्ट पेस्ट तो ग्यारह नंबर तक हम पहले पेस्ट कर लेते हैं तीन नंबर पर तो फोटो में क्लिक करना फीटोर में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना इस तरह से पीछे वाला हम छोड़ दें तो पीछे वाला में भी पेस्ट कर लेना इस तरह से आप भी कर लें तो गाय पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक कर देना तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो इस तरह से आपको भी बारी बारी से हम बता रहे हैं उसी उसी जगह पे पेस्ट करना है तो फिर वीडियो दूसरा तरह से तो बन जाएगा। उसके बाद इतना होने के बाद फिर से बैक चले जाना है बैक आने के बाद चार नंबर इफेक्ट पर कॉपी करना था चार नंबर इफेक्ट पर कॉपी करने के लिए बैग चले जाना है हम चुके हैं उसके बाद चार नंबर वाला फोटो में क्लिक कर देना इसमें फोटो में क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना है थ्री डॉट में कॉपी इफेक्ट कर लेना कॉपी करने के बाद बैक चले जाना है बीट मार्क में आने के बाद दस सेकेंड तक चले जाना उसके बाद पेस्ट करना है चार नंबर इफेक्ट तो ग्यारह सेकंड से पेस्ट करना है तो हम ग्यारह सेकंड तक चलेगा ग्यारह सेकंड तक आने के बाद तो फोटो क्लिक कर देना इफेक्ट में चले जाना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने वाली इस तरह से इस क्लिक कर देना आगे वो फोटो में चला आगे फोटो माने फोटो में क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना खाली जगह में क्लिक करके आगे वाला रोम क्लिक कर देना तो फोटो क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना है डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना इस तरह से पेस्ट करना है चार नंबर इफेक्ट को तो आप भी जल्दी जल्दी से चार नंबर इफेक्ट को पेस्ट कर लें ग्यारह सेकेंड से लेके अगर आपको भी कोई वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है स्क्रीनशॉट मार के आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। का सामान तुरंत कर रहे हैं इस तरह से बारी बारी से और एक फोटो तक तो पेस्ट करना है चार नंबर पर पंद्रह सेकंड तक पेस्ट कर लेना है इस तरह से पेस्ट करने के बाद दो बार शेरों में क्लिक कर देना है उस पर इधर देख सकते चार फोटो है तो चार फोटो में भी ये इफेक्ट पेस्ट होगा चार नंबर तो फोटो में क्लिक करना इफेक्ट में चले जाना है डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने बाद बैक चले जाना बैक आने के बाद इसे रोम क्लिक कर देना आगे का फोटो में उस पर फोटो में क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना है क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने बाद खाली जगह क्लिक कर देना आगे का रोम क्लिक करके फोटो क्लिक करना है इफेक्ट में चले जाना थ्री क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना इस तरह से गए चार नंबर तो को पेस्ट कर लेना है चार नंबर को पेस्ट करने के बाद आप पांच नंबर को कॉपी कर लेना है तो पांच नंबर को कॉपी करने के लिए बैक चले जाना है बैग सेक इफेक्ट में की इफेक्ट में आने के बाद देख सकते हैं ये रहा मेरा पांच नंबर वाला तो पांच नंबर वाला को पेस्ट करने के लिए फोटो में क्लिक करना इफेक्ट में चले आना इफेक्ट में आने के बाद इसको जब म्यूट रहेगा उसको ऑन कर देना ऑन करने के बाद थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी कर लेना है कॉपी करने ले बीट चले जाना है बीट मार इफेक्ट कॉपी करने बाद इक्स सेकेंड में चलेना है इक्कीस सेकंड में आने के फोटो में क्लिक कर देना इफेक्ट में कर देना थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना पेस्ट करने के बाद खाली जो हम क्लिक करें से हम क्लिक करके आगे फोटो चला जाए आगे फोटो आने के बाद इस वाला फ़ोटो क्लिक कर देना इफेक्ट चल में चले जाना है थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना तो इस तरह से पच्चीस नंबर वाला लास्ट तक पांच नंबर वाला को पेस्ट कर देना है पूरा लास्ट तक सताईस सेकेंड तक उसके बाद छः नंबर वाला को कॉपी कर लेना है और बताते हैं हम को पेस्ट करने वाले लास्ट वाला फिर छः नंबर उसको सत्रह सेकेंड में पेस्ट करना तो बैग चल जाना है आने के सेक इफेक्ट में चले जाना है सेक इफेक्ट में आने के बाद लास्ट वाला जो चैन वाला इफेक्ट है उसको कॉपी करना। लेना उसको कॉपी करने के लिए फोटोम क्लिक करना इफेक्ट में चले जाना है डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना उसको कॉपी करने के बाद बैक चले जाना है बीट मार्क में बीट मार्क में आने के बाद सत्रह सेकेंड में पेस्ट करना तो इस तरह से चले जाना उसके बाद 17 सेकंड तक चले जाना है तो देख सकते हैं मेरा 17 सेकंड से आ गया है उसका 17 सेकंड वाला फ़ोटो में क्लिक कर देना है इफेक्ट में चले जाना है थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना 17 सेकंड वाला पेस्ट हो चुका है तो मेरा वीडियो बन के तैयार हो चुका है उसके बाद अगर आपके पास लोगो है तो लोगल आ के लिए बता देते हैं लोगों को है तो प्लस मिनट क्लिक करना है मीडियम चले जाना है और आप जिस भी फाइल में लोगो है उस फाइल को सेलेक्ट करके लोगो में क्लिक कर देना लोगो में क्लिक करने के बाद अगर ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना उसके बाद इस तरह से नीचे की ओर चले जाना है नीचे करने के बाद तीनों वाला हम क्लिक करके इसको छोटा कर लेना एक हज़ार देख रहे हैं इसको 500 तक ले कर चले जाना तो हम इसको पाँच तक कर लेते हैं पांच से करने के बाद उसको बगल क्लिक करना है उसके बाद इस तरह से आप अच्छी तरह से बीच में एडजस्ट कर लेना है एडजस्ट करने के में इस तरह से करने के बाद क्लिक करना है उसके बाद लास्ट चले जाना इस तरह से लास्ट आने के बाद इसमें क्लिक कर लेना है लास्ट तक चला आएगा लास्ट तक आने के बाद बैक चले जाना बैक आने के बाद सेटिंग के साइड में मिलेगा इसमें क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ वीडियो में क्लिक करना वीडियो में क्लिक करें शेयरों में क्लिक कर देना अगर आप 720 में करना चाहते हैं तो 720 में कर लें और इस तरह से आप अच्छा इसको बढ़ा सकते हैं जितना आमी का फाइल बनाना चाहते हैं उस तो पर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें